वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने फिटा ट्रेड की एक फिर से नई क्लास लेकर के आया हुआ हूँ जो कि सीट मेटल्स हैं आज मैं सीट मेटल्स का यहाँ पे पार्ट वन करवाऊँगा जिस किसी ने भी इससे पहले की वीडियो नहीं दिखी हुई है वो आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकता है अब हम देखेंगे सीट मेटल के बारे में होता क्या है सीट मेटल शॉप में पतली सीटों को हैंड टूल की सहायता से मशीनों के द्वारा आकार में काटा मोड़ा जोड़ा जाता है सीट का जो साइज सीटें जो हमारी होती है गेज के रूप में पाई जाती है मतलब ये थिकनेस के रूप में होती हैं। ये जो पाई जाती हैं, वह 10 से 30 एम की थिकनेस में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे सीट कितनी होती तो, कि, कितने की होती है कौन कौन सी सीट प्रयोग करी जाती हैं? अब हम सबसे पहले देखेंगे मेटल सीट टाइम मेटन सी टाइप अब सबसे पहली हमारी है ब्लैक जीएलसी मतलब जीएलसी इसको हिंदी में भी जीएल के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में भी जीएल के नाम से जानते हैं अब जी एल सीट का क्या प्रॉपर्टी है इसमें लोहे की सीट पर की पर कोटिंग की जाती है इसमें टेक्टाइल का गुण होता है मतलब लोहे की सीट पर जिंद की कोटिंग करी जाती है इस कारण से इसका नाम जीएल सीट है और ये डेक्टाइल होती है नेक्स्ट हमारी हो गई सीट टिन सीट, टी आई एन टिन सीट अब टिन सीट की हम प्रॉपर्टी देखेंगे यहां पे। इसमें लोहे की सीट पर टिन की कोटिंग की जाती है इसमें लोहे की सीट पर टिन की कोटिंग करी जाती है ये सॉफ्ट तथा डक्टिलिटी होती है अब हम नेक्स्ट देखेंगे टिन सीट के बाद नंबर आता है कॉपर सीट कॉपर सीट का क्या है चूजे देखेंगे अब कॉपर का यूज हम वायर बनाने में किया जाता है और भी कॉपर का यूज कई जगह पे तांबे की बनाई जाती है इस सीट पर ठंडी दशा में कार करने पर ये हार्ड हो जाती है का इसमें गुण पाया जाता है। Next टाइप सीट है, ब्रास सीट। अब ब्रास अब हम देखेंगे की क्या प्रॉपर्टीज है यह सीट पतली सीट बनाई जाती है इस सीट पर ठंडी दशा में कार करने से हार्ड हो जाती है था यह मैलिएबल तथा डाय होती है अब हमारी नेक्स्ट सीट है लेड सीट लेड सीट की प्रॉपर्टी क्या है इसे बोलते हैं यह सीट लेड से बनाई जाती है और यह मैलिएबल तथा तथा सॉफ्टेस का प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे ये सीट से बनाई जाती है है हल्की होती तथा तथा तथा सॉफ्टनेस इसमें थोड़ा थोड़ानेस का भी गुण पाया जाता है ये तो हमारी हो गई सीट्स के टाइप अब हम नेक्स्ट देखेंगे सीट मेटल टूल के बारे में टल टूल आप देखेंगे हम स्वीट मेटल्स में कौन कौन से टूल्स यूज करे जाते हैं सबसे पहला हमारा हो गया स्टील रूल तो बनाते समय मापने के लिए तथा चेक करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारा स्टील लून के बाद में वायर गेट देखिए वायर गेज। नापी जा जा सकती है है अब हम देखेंगे वायर वायर वायर गेज का, म, कार क्या? वायर गेज वायर का भी जा है। का साइज नापा सकता और का का साइज साइज अब के लिए क्या हैं हैं जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते सीट की की थिकनेस कम कम होती है। कम होती है नंबर बढ़ने पे मोटाई और घटने पे मोटाई सीट की बढ़ती है इतना उल्टा होता है अब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहे हैं, सीट की मोटाई कम होगी बढ़ने पर कम होगी और नंबर घटेंगे तो सीट की मोटाई बढ़ ज्यादा होगी अब हम देखेंगे वायर गेज के बाद में आज ये हमारा स्क्राइबर स्क्राइबर का क्या यूज है स्क्राइबर का यूज किसी भी मेटल या जॉब में लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का यूज करते हैं स्क्राइबर हमारे टू टाइप के हैं स्ट्रेट और बेंड टाइप का बेंड टाइप में 90 डिग्री होता है इसके स्ट्रेट इस स्क्राइबर का पॉइंट जो है 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है और इस इसका प्रयोग मार्किंग मार्किंग करते समय रेखाएं खींचने के लिए यूज किया जाता है स्क्राइबर के बारे में आ जाए डिवाइडर डिवाइडर का क्या यूज किया जाता है डिवाइडर का यूज मार्किंग करते समय व्रत खींचने तथा आर्क लगाने के लिए डिवाइडर का यूज करते हैं को फिर के बोलते हैं छेनी अब छेनी का क्या यूज होता है प्रयोग अधिक मोटी सीटों को काटने के लिए हम छेनी का यूज करते हैं अब हम देखेंगे नेक्स्ट। के बाद में हमारा आ गया फाइल फाइल को हम हिंदी में रेती बोलते हैं इसका प्रयोग हम सीट को साइज में रगड़ने के लिए और बल आदि को साफ करने के फाइल का मेनली यूज क्या है बद वगैरह साफ करने के लिए तथा सीड्स को एक्स्ट्रा जो सीड होती हैं, उसका एरिया को रिमूव करने के लिए अर्थात रगड़ने के लिए हम फाइल्स का यूज करते हैं अब हम हाँ नेक्स्ट आ जाए स्निप नेक्स्ट नंबर है स्निप अब स्निप एक तरह की कैंची है डिजाइन इस प्रकार से होता है कि ये सर्कुलर या अनियमित आकार मतलब कर्व की सीड्स को काटने में किया जाता है स्ट्रेट मतलब नाम नाम से ही मालूम है आपको स्ट्रेट सीड काटने में बेंड मतलब जो कर्व सेप में होंगी उन सीड्स को काटने में यूज किया जाता है स्निप स्निप स्निप स्निप स्निप स्निप स्निप अब अब का का का जो जो होता होता है स्निप जो होता है है के के के कैची होती हैं पॉइंट्स 81 81 डिग्री 81 डिग्री पर इसे ग्राइंड करते हैं। अब स्निप के बाद बाद में में आ गया हमारा इस ट्रेट, इस ट्रेट गया हमारा स्ट्रेट स्ट्रेट हो हम चलेंगे स्निप के बाद में आता एस एच ई ए आर क्या होता है ये मोटी सीट्स सीट्स काटने काटने के के लिए लिए का का का यूज यूज यूज करते करते करते हैं। हैं? इसमें ज्यादा 1.2 1.2 तक की स्लिप थे। क्या से अधिक मोटी सीट्स काटने के लिए हम का यूज करते हैं। एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं? इसका प्रयोग पैनल के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट हो गया इन एक मेले, मेले, इसका प्रयोग स्ट्रेचिंग हैमरिंग आदि के लिए किया जाता है यह हमारे मेलेट के टाइप हो गए अब हम देखेंगे मेलेट के बाद में हैमर हैमर के भी टाइप्स है फर्स्ट है बाल बिन अहमद अब नेक्स्ट है हमारा बाल बिन अहमद यहां पर जगह नहीं है इस कारण से मैं इधर भी लिखूंगा इसे फेरते हमारा जो सीट मेडल स्कूल तक दस नंबर तक हो गया था अब हम ग्यारह नंबर में चलेंगे हैमर में हेमर के कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला बॉल पिन बॉल पिन हैमर हो गया फिर हमारा हो गया स्ट्रेट पिन स्ट्रेट पिन हो गया नेक्स्ट हमारा हो गया क्रॉस पिन ये हमारे तीन टाइप के हेमर हैं बॉल पिन हैमर जिसका वेट 200 ग्राम होता है इसका प्रयोग हम हल्के कार्यों के के लिए यूज़ करते हैं मतलब पंचिंग वगैरह करने दो सौ पिन हैमर का यूज करते हैं अब इसके बाद में हमारा क्रॉस पिन इसका प्रयोग चोट लगाने में लाइनों को में एक दिशा में धातु फैलाने के लिए किया जाता है स्ट्रेट पिन का यूज किया होता है इसका प्रयोग चोट लगाने लाइन के संपूर्ण में धातु को फैलाने के लिए किया जाता है यह तो हमारे होगा हैमर अब हमारा नेक्स्ट आ गया बारह नंबर जो कि हैमर के बाद में हमारा पंच आता है। अब हम देखेंगे पंच का क्या यूज होता है सीट मेटल कार में विभिन्न प्रकार के पंच होते हैं प्रिक पंच हो गया सेंटर पंच सॉलिड पंच देखिए िक पंच हो गया प्रिक पंच सेंटर पंच डॉट पंच आपको पता चल जाएगा त्रिक पंच का यूज सेंटर पंच का यूज क्या होता है ड्रिल करने में सेंटर पंच का यूज किया जाता है सेंटर और त्रिक पंच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है और देखिए त्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री सेंटर पंच का 90 डिग्री डॉट पंच का 60 डिग्री ये इनके एंगल्स हो गए और सेंटर पंच का ड्रिलिंग करने से पूर्व हम जो सेंटर में करते हैं वो पंच पंच के द्वारा करते हैं का लाइन खोखले जगह को यूज किया जाता है ये तो हमारे ओर टूल्स सीट मेटल से रिलेटेड आज की क्लास एरी पे समाप्त हुई